लब स्कूल लब स्कूल लब स्कूल वाले आ जाए भैया आ जाए ड्राइवर आ गए स्कूल का भैया रुका गाड़ी रुका जल्दी जल्दी बैठा सवारी कहा जाए स्कूल लगे जाए का छोड़ दो चले थोड़ी सीटी बाजी की जा रही थे कुछ बोले होगा अरे कुछ नहीं कुछ नहीं ये पूछ रहे थे आपकी शादी हो चुकी है तो दई चार हो चप्पल मुंह में मरियो आरे अरे अरे इतना गुस्सा क्यों होती हो हम ऐसे ही पूछ लिए थे अभी भैया शादी में नंबर लिया काम का रात के फोन कर करे अरे ये मत मार तो पूछे तो ये शादी बेग ले भैया हाई तारा हुई हाँ तो जानू फिर मिलते हैं शाम को स्कूल से पढ़कर आ जाएंगे तो फिर मिलेंगे शाम को। ठीक है जान जैसे आपका हो वैसे ही होगा बाय बाय चला भैया आगे वाले पार्ट माई या लव स्टोरी अबे शुरुआत है आ हाँ भैया एक काम जरूर करा जो वीडियो पसंद ना कमेंट के नीचे कमेंट करा फटी फट हाँ आ, हमारे चैनल का सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लिया। जरूर कर लिया लाइक दे हो इतना काम करके जायो हाँ भैया एक ऑफर चल रहा है नया नया ऑफर सौ रुपए जीतने का मौका आप अपना पेटीएम नंबर कमेंट बॉक्स पर डालिए और अपना ऑफर लाब उठाइए हमारे वीडियो दबा के दिया कर दबा के लाइक करा दबा के सब्सक्राइब करा बस दबा के शेयर कर दिया इतने तुम थे गुजारिश है जय हिंद